हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कम बजट के अंदर हम लोग क्या करेंगे गेमिंग डेक्सटॉप है वो बनाने वाले हैं इसका आपका बजट 20 से 25000 के अंदर आराम से आप लोग एक है, वो गेमिंग पीसी है वो बिल्ड कर सकते हो इसके अंदर मैंने लिया क्या क्या है वो मैं आपको बता दूँ फोर आई फाइव जनरेशन का प्रोसेसर है टू हार्ड ड्राइव लिया मैंने और डी डी की दो रेम लिए आठ रैम होगी दो सौ छप्पन लिया है और जेब्रोनिक का ग्राफिक कार्ड लिया है GT टी छः सौ ग्राफिक कार्ड लिया है मैंने इसके अंदर और एक जबरोन का मरबोर्ड लिया है इसको हम लोग कैसे बिल्ड करने वाले हैं वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और हाँ चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूले क्योंकि वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगती है और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सब्सक्राइब करने को तो सब्सक्राइब वाला बन को दबा दीजिए तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताने वालों किस तरीके से हम लोग है वो बिल्ड कर सकते हैं इस पीसी का बजट है लगभग बीस से पच्चीस हजार के बीच में बजट जाने वाला है और ईजिली आप लोग इस पीसी को बिल्ड कर सकते हो इसके अंदर आप गेमिंग कर सकते हो इस वीडियो एडिटिंग कर सकते हो बहुत सारे काम है वो आप इजीली कर सकते हो GTA 5 गेम खेल सकते हो अदरवाइज आप जो भी गेमिंग सीरीज के अंदर लेना चाहो वो इजीली आप लोग है वो कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मली हमने क्या है एक हल्का सा कैबिनेट लिया आप देख रहे होगे ये मार्केट के अंदर आपको 1500 या 1200 कुछ आसपास है वो कैबिनेट है वो मिल जाएगा तो इजीली सस्ता कैबिनेट लिया क्योंकि हमें गेमिंग करना है हार्ड फालतू तो के पैसे इसमें का वो नहीं करना क्योंकि अपने बजट के हिसाब से तो वो, वो तो निकाल लिया अब हम इसके अंदर बिल्ड करने वाले मदर बोर्ड पूरा सरूस है तो मदर बोर्ड है तो सिंपली अपने डेस्कटॉप के अंदर लगाएंगे तो ये वाला पोर्ट्स है वो भी नीचे लगाएंगे ताकि बारिश के समय से में किसी भी टाइप की अर्थिंग है वो नहीं बने कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्टली इसको लगाते हैं तो इसका खास करके ध्यान रखें हम लोग नीचे ये भी लगाएंगे ताकि बोर्ड के अंदर किसी प्रकार का वो शॉर्ट सर्किट भी न हो तो बोर्ड को आपने अच्छे तरीके से देख लिया होगा अब मैं इसको बोर्ड को इसके अंदर फिट करता हूँ तो इसके अंदर आपको कुछ बोर्ड के साथ में इस टाइप से कुछ आता है तो इसको तो आपको सिंपली ओपन कर लेना है और सबसे पहले इसको आपको यहाँ पे लगा देना है तो ये ब्लेड लग गई इसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है बोर्ड को इसमें ये जो खांचे दिख रहे हैं इनमें वैसे के वैसे मिला के लगा देना उससे पहले आप यहां पे कुछ खाली जगह देख रहे होंगे इनमें कैबिनेट के अंदर कुछ ऐसे स्क्रू आते हैं इनको आपको सिंपली क्या करना है बाहर निकालना है और तो मैं इन सभी स्क्रू को बाहर निकाल लेता हूँ और इसमें ये वाले जो स्क्रू दिख रहे हैं आपको वहाँ तो पे आप लोगों को लगाने हैं जो आपको ये होल दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे इनके अंदर इन स्क्रो को अच्छे से आपको कस लेने हैं तो चलिए मैं कस लेता हूँ हम लोगों ने अब क्या कर लिया है टाइड से कस लिया है उसके बाद आपको सिंपली इसको साथ में सबसे पहले जहाँ जहां आपको होल दिख रहे हैं ना वहाँ वहाँ जैसे ये वाला होल आ रहा है ना तो वहाँ पे इसको आपको हल्का सा फ्रेश कर देना है तो ये वाला देखो यहाँ पे निकल जाएगा फिर हल्का सा आपको यहाँ पे कर देना है तो ये देखिए यहाँ वाला भी निकल जाएगा हल्का सा आपको यहाँ से दबा देना है तो ये वाला भी निकल जाएगा अब हल्का सा आपको यहाँ पे भी दबा देना है तो ये वाला भी निकल जाएगा अब नीचे के आप बोर्ड के जो हिस्सा होता है निकले वाला इसमें किसी भी प्रकार का अर्थिंग है वो नहीं होता जिससे आपके करंट वगैरह है वो आने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं अब सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे उसमें जो प्रॉपर खांचे हैं वो मिला के इसको आपको क्या करना है इस बोर्ड को फिट कर देना है तो चलिए मैं बोर्ड को फिट कर दूँगा वो इजीली हम लोगों ने फिट कर दिया अब हम इसके अंदर डालने वाले प्रोसेसर तो देखिए प्रोसेसर को कैसे डालते हैं अब देखिए प्रोसेसर जैसे आप फिट करो तो आपको मैं दिखा दूं प्रोसेसर के अंदर आपको ये वाला कट दिखाई दे रहा होगा ठीक है इस सेम कट है वो यहां पे भी आपको नजर आ रहा होगा ठीक है वैसे ही कट आपको यहां बोर्ड के अंदर मिलेंगे तो ये देखिए ये कट रहा एक और सेम सामने वाला ये कट रहा ऐसा का ऐसा अब आपको करना क्या है इस वाले कट में इस वाले कट को है वो प्रॉपर ऐसे मिलाना है देखो मैंने मिला दिया और प्रोसेसर को रख देना है तो ये प्रोसेसर वो फिट हो गया गलत लगा दोगे तो प्रोसेसर के अंदर वाली जो छोटी छोटी पिनें होती है वो टूट जाएगी। अब सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है इसको लॉक कर देना है अब इसमें हम लोग लगाने वाले हैं फैन अब प्रोसेसर लग चुका है अपने अब काम रहा है फैन लगाने का अब हम लोग प्रोसेसर के ऊपर है वो फैन लगाने वाले हैं तो ये जो फैन है वो लग चुका है अब अपने सिम्पली इसको वो पावर देनी है तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको लिखा होगा सी पी फैन तो यहाँ पे आपको सी पी फैन है वो सिंपली क्या करना है यहाँ पे बोर्ड के अंदर है वो कनेक्ट है वो कर देना है तो ये सी पी फैन है वो है वो कनेक्ट हो चुका है अब अपने काम करते हैं हार्ड ड्राइव और रैम और ये सारा सिस्टम है वो लगाते हैं तो सबसे पहले मैं रैम डाल देता हूँ उसके अंदर रैम तो रेम वो लग चुकी है अब अपने लगाने वाले हैं इसके अंदर ग्राफिक कार्ड तो चलिए आपको ग्राफिक कार्ड है वो दिखाता हूँ तो ये सारा सिस्टम लग चुका है फ्रेम वगैरह लग चुके हैं इनको अपने करते हैं साइड में अब बात करती है ग्राफिक कार्ड की तो ग्राफिक कार्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब अपने ग्राफिक कार्ड है वो लग चुका है अब हम लोग लगाने वाले हैं हार्ड ड्राइव जो तो टू का हार्ड ड्राइव है क्योंकि तो गेमिंग सीरीज के अंदर हम लोगों को कम से कम तो टू भी स्टोरेज है वो चाहिए तो चलिए अपने हार्ड ड्राइव है वो लगाते हैं अब अपने करने वाले क्या है कि हार्ड ड्राइव एसएसडी को है वो आ, साटा से वो से कनेक्ट करने वाले मदरबोर्ड से तो चलिए कनेक्ट हैं। ये अपने हार्ड ड्राइव व एस का है वो साटा से कनेक्शन हो चुका है अब अपने क्या करने हैं? एसएमपीएस पावर सप्लाई से वो कनेक्ट करने वाले हैं तो मैंने इसके अंदर पावर सप्लाई दे वो नॉर्मल लिया ताकि गेमिंग सीरीज के अंदर हम लोगों का जो बजट है वो ज्यादा ऊपर है वो न जाए तो चलिए अब हम लोग इनको वो स्टेप बाई स्टेप वो कनेक्ट करते हैं अरे सी का डी के अंदर है वो यहाँ पे सी का कनेक्टर लगा होता है यहाँ पे तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ आप देखिए यहाँ पे वो कनेक्ट हो चुका है अब अपने को एस एस हार्ड ड्राइव को है वो कनेक्शन देना है ओवर से तो मैं पहले सबसे पहले हार्ड ड्राइव में अंदर लगा देता हूँ उसको तो ये हार्ड ड्राइव के अंदर है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका आप देख लेंगे अब आप मुझे एस के अंदर लगाना है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं एस के अंदर भी इसको कनेक्ट है वो कर लेता हूं। तो ये एस एस डी में भी कनेक्ट हो गया है और हार्ड ड्राइव के अंदर भी है वो कनेक्ट हो गया अब तो अपने क्या करने वाले हैं कि जो सी पी ओ के अंदर यू एस बी और ऑडियो है वो जोड़ने वाले हैं तो चलिए जोड़ते हैं ऑलमोस्ट अपना सीपीयू है वो बन चुका है ग्राफिक कार्ड लग चुका है प्रोसेसर लग चुका है रैम लग चुकी है हार्ड ड्राइव लग चुका है और एसएसडी है वो वो भी लग चुकी है अब अपने इसको तो ऑन करते हैं विंडोज सिस्टम है वो इंस्टॉल करते हैं विंडोज इंस्टॉल है वो आपको नहीं करना आता है तो आपको आई बटन के अंदर ऊपर वीडियो मिल जाएगा उसमें पर आप जाकर क्लिक करके ईजिली है वहाँ पर वो, वो विंडो इंस्टॉल करना है वो सीख सकते हो तो इतना मैं वीडियो पोस्ट करके विंडो इंस्टॉल है वो कर रहा हूँ दोस्तों इस तरीके से आप लोग कम बजट के अंदर जितना आपका लोएस्ट बजट होता है उस बजट के अंदर आप सिंगली है वो एक गेमिंग पीसी है वो बिल्ड कर सकते हो तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है आपको नॉलेज मिल रहा होगा तो ऐसे टेक्निकल से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, आज के लिए इतना ही मिलते हैं तब तक के लिए टाटा बाय बाय धन्यवाद जय हिंद